अटो मुझे देखने दो आ? इतना ऊंचा? नहीं नहीं, आ? ये, आ, ये वाला रास्ता लेंगे ढलान है थोड़ा आराम से जा सकते हैं कंगन इसका मतलब किया को यही से लेकर गए हैं सवारी है अंधेरा होने वाला है आगे कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा किया के सारे संकेत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं क्या करें भीम कुछ नहीं, बस खाएंगे और सोएंगे तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो बाबा हम राजकुमारी किया की तलाश में यहाँ आए हैं क्या आप हमारी मदद करेंगे इलाका है बच्चों को निकल जाने वाला शैतान है वो अगर वो राजकुमारी को ले गया है मतलब वो गई। अगर तुम लोगों से बचाने जाओगे तो टाएं टाएं फिस हो जाओगे। <laughs> वो इलाका नहीं लोगों को गन्ने की तरह पीसने वाली व्यवस्था है जिंदगी भर जंजीरों में बांधने वाली काल कोठरी है वो आस पास के सारे गांव को सूह ने गुलास बना कर रखा है जानते हो क्यों मिट्टी की सेना बनवाने के लिए <laughs> बगावत क्यों नहीं करते? बगावत? <laughs> हमारी जान से भी कीमती चीज उस जालिम के पास है मेरा छोटा सा पोता उसकी पकड़ में है गांव के सारे बच्चे उसके कैद खाने में सड़ रहे हैं। उनकी सलामती के लिए हम सब गांव वाले जूहू के गुलाम बन गए को बुलाने के लिए राजी करो इसे किसी भी तरीके से मुझे वो जलांश चाहिए मुझे वो शक्ति चाहिए वो लोगों की कमजोरी अपनी मुट्ठी में करता है और उन्हें दखना दी दिन न चाहता है अब सम्राट को भी नाचना पड़ेगा क्योंकि राजकुमारी वापस नहीं आने वाली राजकुमारी वापस आएगी बाबा और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे जू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा ये भीम का वादा है बेवकूफ़ हाँ। मत बनो मच्छर की तरह मसल देगा जू बाबा मान लेने से हार पक्की है ना, पर ठान लेने से जीत की उम्मीद है जूहू के खिलाफ कोई उम्मीद नहीं वापस जाओ अपने दोस्तों को खतरे में मत डालो लड़ना तो तू तुम लोग उसके किले के अंदर घुस भी नहीं पाओगे <laughs> <laughs> <laughs> <देखे। laughs> एक तरफ बादल दादू कह रहे हैं आगे मत जाओ फिर भी हम जा रहे हैं, इसे कहते हैं आ बैल मुझे कालिया कोशिश करने पर ही कामयाबी की राह दिखती है भीम। वो देखो। अंदर जा रही हैं। इन गाड़ियों के चिन्ह देखो भीम। ये सब जुरू से के ही लगते हैं। हाँ और अब हम इन्हीं के जरिए अंदर घुसेंगे दोस्तों बदल के। वो तो देखो आपकी गाड़ी उसी पर हमला करते हैं चलो। Uh <laughs> <laughs> Okey. Ha? Ben mi? चाहुआ पुराना नाम है मेरा आलिया <laughs> है परियों की रानी मेरे जाने दो तमाशे वाले शुक्रिया वो देखो सुहू का किला हमें वहां जाना है मेरी में देखो ड्रैगन को सुनो लड़की बंद करो ये डाटा जानती नहीं हम क्या क्या कर सकते हैं आंखों से मिली आ, देखो तुम्हारी प्यारी मोमो कैसी हालत हो गई है इसकी हमारी बात नहीं मानोगी तो देखो ये सच नहीं है, तेरा प्रधान प्रधान तमाशे वाले आए हैं कह रहे हैं सरदार ने बुलाया है, है? तमाशे वालों को बुलाया